प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने श्रीनगर के लाल चौक पर राहुल गांधी के तिरंगा फहराने पर चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उन्हीं की वजह से आज वे लाल चौक पर झंडा फहरा सके हैं गृह मंत्री मिश्रा ने कहा यात्रा को खत्म करने पर राहुल गांधी ने जो लाल चौक पर झंडा फहराया है उसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि तीन हटने के बाद यह संभव हो पाया है जब उनकी सरकार थी और हमारे नेता जोशी जी गए थे तो रॉकेट लॉन्चर से हमला हो रहा था और झंडा फहराने नहीं दिया जा रहा था और आज कितनी शांति है मिश्रा ने राहुल गांधी से सवाल करते हुए कहा कि जिस यात्रा पर राहुल गांधी निकले थे अब बताएं उन्हें भारत कहां से टूटा हुआ दिखाई दिया थोड़ा बहुत तो मार्गदर्शन करे और अगर टूटा हुआ दिखाई नहीं दिया तो यह यात्रा निकाली क्यों और भारत जोड़ो नाम क्यों दिया उनको माननीय प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी का आभार व्यक्त करना चाहिए सौ तो सत्तर हटाने के बाद जिस शांति के साथ में वो झंडा फहरा रहे हैं जब दिल्ली में उनकी सरकार थी तो हमारे नेता जोशी जी गए थे तो रॉकेट लॉन्चरों से हमला हो रहा था और झंडा फहराने नहीं, नहीं दे रहे थे और आज कितनी शांति है और ये जिस यात्रा पे निकले थे भारत जोड़ों पे कहा टूटा दिखा थोड़ा बहुत तो मार्गदर्शन कर दें देश का कौन सी जगह पर भारत टूटा दिखा और नहीं दिखा तो निकाली क्यों थी ये नाम क्यों दिया डॉक्टर नरोत्ता मिश्रा ने मुगल गार्डन का नाम अमृत गार्डन करने पर कहा कि यह एक प्रशंसनीय कार्य है वहीं उन्होंने इंदौर के आग लगाने वाले मामले में कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार है और कानून का राज है आग लगाने वाली मानसिकता को ही तहस नहस कर दिया जाएगा इंदौर में जिन्होंने इस प्रकार की बात कही है उनके खिलाफ कार्रवाई की गयी है मिश्रा ने पी और पीस पार्टी को अपडेट देने वाली अनु अंसारी के मामले की जानकारी देते हुए कहा की केस रजिस्टर कर सभी मामलों को जाँच में लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है अनु और उन्होंने स्वयं भी बयान में कहा है कि पीएफआई और पीस पार्टी को वो सहयोग करती थी और उपलब्ध कराती थी इस तरह के अपडेट उनके पास में जो राशि मिली है नगद उसकी भी जानकारी है कि सूत्रों और सूत्रों से मिली है सवा डेढ़ लाख रूपया जो नगद पाया गया है क्यों छुपाया परिचय गलत क्यों बताया